तिरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा तरादर मिल गया मुझको सहारा हो तो रा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो तेरे टुकेरो तेरे टुकेरो पलता हूँ गुजारा हो तो ऐसा हो मेरा आदर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो किसी को जमाने की दौलत मिली है किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है किसी को जहाँ की दौलत मिली है किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है मैं तो अपने मुकदर पे कुर्बान जाऊं मिली नजर सांवरे से बहना कथु जाऊ नजरें जो मिली दिलवरे से नजरें जो मिली दिलवरे से ना जा रहा हो तुम ऐसा हो तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो मुझे अपने कांधा की चौकट मिली है मुझे अपने कांधा की चौकट मिली है क्यों कहीं जा रहे किस्मतें आजमाने के लिए जमाने में नहीं कोई सरकार जैसा मेरे कांधा है बिगड़ी बनाने के लिए मेरी कांधा है बिगड़ी बनाने के लिए हमें है नाज रह बरे। हमें है नाज रह, बरे। है नाज रह बरे हमारा वो तो ऐसा हो रिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो तेरा दर हो के पलते हैं गुजारा तो हो तो वह साओ मेरा डर मिल गया मुझको सहारा तो हो तो है साओ मेरा डर मिल गया मुझको सहारा हो तो